आज की प्रोटीन रिच डिश देखने के बाद आपको पाउडर प्रोटीन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी it, emotion, slow, so बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ हेल्दी और न्यूट्रिशियस डिश में उनके साथ शेयर करो तो आज मैं लेके आई एक सुपर हेल्थी सैलेड जो कि है इसको मैंने सात ऐसी आठ घंटे सोक करके बॉइल कर लिया है दीज आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन सैलेड बनाने के लिए इनको एक बाउल में डाल लेंगे इनको हमें उतना ही बॉइल करना है की इनकी ऊपर की लेर ना निकले ये थोड़े खिले खिले दिखे तो मैंने लगभग लग दो कप चने लिये हैं अब हम डाल रहे हैं अनदर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन पनीर जैसे कि हम सबको पता है पनीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है उसके बाद डालेंगे कप इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है फिर हम डालेंगे अपने सैलड के अंदर चॉप्ड अनियंस उसके बाद बिना छिले नाइसली कट एंड डाइस्ड क्यूकम्बर विच इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर अब हम डालेंगे रोस्टेड पीनटिवजीन मूंग दाल ऐसी एक रात भिगो के दिन भर सूती कपड़े में लपेट कर रखे आपकी दाल अंकुरित हो जाएगी अंकुरित होने से इसकी प्रोटीन की मात्रा और बढ़ जाती है लास्टली डालेंगे इसमें फ्रेशली चॉप्ड कोरियडर लीव यानी की धनिया पत्ता प्रोटीन प्रोटीन की हमारी सभी हाई इंग्रेडिएंट्स डल गए हैं इस सैलेड में डलने वाली एक एक चीज हमारे लिए बहुत हेल्दी सैलेड तो को थोड़ा ग्लॉसी लुक देता है no doubt, oil, उसके बाद लेंगे एक चम्मच लेमन जूस अगेन अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी टू गिव इट अल टांगी टेस्ट उसके बाद लेंगे हम एक चम्मच नमक आधा चम्मच काला नमक एक चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच हुआ जीरा थोड़ी सी काली मिर्च टेस्ट के लिए एंड हाँ ब्लैक पेपर इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन अपनी सीजनिंग को अब हम अच्छे से मिला लेंगे इससे हमारा सैलड बहुत ही चटपटा और पेपरी बनेगा इसको हम अपने बड़े वाले बाउल में फैलाकर पोर कर लेंगे और ऊपर से डालेंगे फाइनली ग्रीन यहाँ पर मैंने दो छोटी छोटी हरी मिर्च ली हैं अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी सीजनिंग के फ्लेवर हमारे सैलड में अच्छे से मिक्स हो जाएं एक चीज का ध्यान रखें कि हमें सभी वेजिटेबल्स लगभग चने के साइज के कट करने है सो दट वेन यू गेट अटल बिट ऑफ एवरी और छोली के साथ साथ इसमें आप स्प्राउटेड काले चने भी डाल सकते हैं And अगर थोड़ा continental टेस्ट देना है तो इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं तो लो हमारा बनके तैयार है फील फ्री टू वेट वाइक जैसे कि ड्राई फ्रूट फ्रूट पॉमिग्रेन जो भी सब्जी है फ्रूट आप पसंद करते हैं आप इस सैलेड के अंदर डाल सकते हैं हमारा हाई ऑन प्रोटीन सैलड बनके तैयार है चलो इसको टेस्ट करते है की ये बना कैसा जब भी आप सैलेड का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में आता होगा कि कुछ फीका या फिर टेस्टलेस होगा पर इस सैलेड के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके अंदर डाला है अमचूर लेमन और सॉल्ट जो कि इसको खूब चटपटा टेस्ट दे देता है तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और जब आप इसको बनाए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं की आपकी रेसिपी कैसी बनी है आपको मेरी वीडियो पसंद तो मेरे चैनल किचन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी सभी न्यू वीडियोस की अपलोड आपके पास उसी वक्त पहुंच जाए है। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में अंटिल देन टेक केयर गुड बाय एंड हैपी कुकिकिंग विदीमासन